ये जो मंसूर जिले में एक लसूरिया गांव है जिसमें ये जो श्री राम मंदिर है जिसकी जहाँ की ये जो ठाकुर जी विराजमान है यहाँ पे और ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का दृश्य बड़ा ही अच्छा सुंदर मंदिर है यहाँ पे और यहाँ का मंदिर का वातावरण है ये चारों दिशा का चित्र जो मैं आपको दर्शा रहा हूं और अब चलते हैं यहाँ से मंदिर के प्रांगण में चलेंगे बाहर की तरफ और ये जो बाहर मंदिर का चौक है और ये जो मंदिर का बहुत ही अच्छा सुंदर चौक है और यहाँ पे जो ये जो साइटों में जो जो कुर्सियां लगी हुई है ये हमारे शामगढ़ से साहित्य मनीष जी डॉक्टर दया जी आलोक के आदर्श से प्रेरित उनके पुत्र अनिल कुमार जी राठौड़ दामोदर पत्री विशेषज्ञ हैं जिनका हॉस्पिटल शामगढ़ में बसा हुआ है और ये इधर भी कुर्सियाँ लगी हुई चार कुर्सियाँ है एक कुर्सी उधर एक माता जी विराजमान है और हमारे डॉक्टर साहब दयाराम जी जो कि फेसबुक के माध्यम से घर से उसके भी बहुत ही अच्छे बताते रहते हैं आप कभी भी उनकी वेबसाइट खोलकर देख सकते हैं ये एक तरफ से ही ये बाजार जा रहा है इस मंदिर के पीछे से और एक बाजार और उधर टर्न ले रखा है उस वो उधर है एक बाज़ार और उस तरफ है वो जो उधर जाता हुआ और डॉक्टर साहब हमें बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयां घरल नुस्खे बताते रहते हैं जो आप हाँ उनकी फेसबुक पे बोलकर और देख सकते हैं सुन सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं डॉक्टर साहब दयाराम जी आलोक साहब को लसुडिया ग्राम वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं भगवान करे बाबा श्याम जी करे महाकाल की दया से डॉक्टर साहब दीर्घायु रहो स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो सुखी रहो और ऐसे ही मंदिरों में शमशानों में कुर्सियाँ भेंट करते रहे और लंबी उम्र की उनकी कामना करते हैं मैं सोशल माध्यम के सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को प्रसारित करता हुआ ग्राम गारिया से